नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी मन्नू तिवारी अभी में तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपने WhatsApp डाउनलोड कर रखा है तो ये सेटिंग जरूर जानना चाहिए मान लीजिए आपने WhatsApp पे ग्रुप्स जो है ज्वाइन कर रखा है बहुत सारे और आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आप इससे परेशान है तो आपको क्या करना है आपको डायरेक्ट जो है ओपन कर देना है और जैसे ही आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाता है तो थ्री डॉट पर जाने के बाद सेटिंग मिलाना है आपको और यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो है ऑप्शन तो दिख जाएगा और यहाँ पर आपको चले जाना है ग्रुप्स वाले सेक्शन पे तो यहाँ पे ग्रुप्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूज हाई प्रोटीन नोटिफिकेशन तो यहाँ पे अगर आपका ये ऑन है तो आप इसे ऑफ कर देंगे इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका जितना भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा ग्रुप्स का तो वो आपका जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आप व्हाट्सअप ओपन करेंगे वो सारे मैसेज आपको शो हो जाएगा हो जाएंगे तो थैंक फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत